हेलो तो गाइज स्वागत करता हूँ आज की नई वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ इन्वेस्ट ग्रुप एप्लीकेशन की तो गाइज इसमें विड्रॉल दे रहा है या नहीं दे रहा है और कब तक ये विड्रॉल देगा कब तक ये एप्लीकेशन चलने वाला है गाइज इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ तो स्टार्ट करते हैं हम एप्लीकेशन को तो भाई हमने यहाँ से लॉग कर लिया है और इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है कि अगर आप सत्रह इन्वेस्ट करते हो तो भाई यहाँ पर देख सकते हो सत्रह सौ सत्तानवे रुपये इन्वेस्ट कर देता हूँ दस दिन के अंदर अंदर दस हज़ार और गाइस अगर आप इन्वेस्ट करते हो पैंतीस सौ तो 10 दिन बाद आपको बीस हज़ार देखने को मिलते हैं गाइस। तो गाइस जिसका सारा प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ कि आखिरी पैसे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे और आखिरी पैसे कैसे मिलेंगे भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्लान दिया हुआ है कि सत्रह वाला और इसका जो इनकम डेज है वो दस दिन का है और टोटल रिन जो है वो दस हज़ार और और गाइज यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे जाते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर पैंतीस सौ सत्तानवे रुपये लगाते हो तो आपको दस दिन के बाद आपको बीस हज़ार आठ सौ बासठ रुपये देता है गाइजी और यहाँ पर तीसरा प्लान देख लो कि अगर आप सतहत्तर सौ रुपये लगाते हो तो दस दिन बाद छियालीस हज़ार और लास्ट वाला गाइज यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ सबसे बड़ा अमाउंट है ये सतहत्तर है गाइज कि अगर आप यहाँ पर सतहत्तर हज़ार इन्वेस्ट करते हो तो आपको दस दिन के बाद 4 लाख बयास रुपए रुपये का देगा गाइज तो गाइज यहाँ पर और आपको इन प्राइमरी वाले अकाउंट में दिखा देता हूँ यहाँ पर ये फिक्स डिपॉजिट वाला प्लान था ये 375 रुपए वाला ये पैंतालीस तेने के बाद ही आपको देखने को मिला। तो गाइज बात की जाएगी एप्लीकेशन के चलने के बाद तो गाइज इस एप्लीकेशन को आज पूरा एक महीना हो चुका है कि ये एप्लीकेशन सत्ताईस नवम्बर का आया और आज इस आज हो चुकी है सत्ताईस दिसंबर तो गाइज यहाँ पर आपको देख सकते हो कि एक महीने का टाइम हो चुका है बाकी 10 दिन और घट रहे हैं इस पैंतालीस दिन वाले को अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा स्टार्टिंग में तो वैज मैंने हालांकि इसमें साइनअप जब ही कर किया था स्टार्टिंग में यहाँ पर आप मेरी टाइम देख सकते हो लेकिन मैंने सभी से उस टाइम मना कर दिया था किसी को इन्वेस्ट नहीं करना है और गैज फर्स्ट साइनअप आपको दिखा देता हूँ मैंने फ़र्स्ट साइनअप किसे और कब मतलब कब करवाया था तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो पिछले महीने में पर देखने को मिलेगा 28 अट्ठाईस अट्ठाईस तारीख नवंबर में ही मैंने इन्वेस्ट मतलब कि ये एप्लीकेशन लोगों के शेयर कर दिया था बट मतलब उस टाइम मैंने सभी से मना कर दिया था क्योंकि इसका जो तो इंटरफेस है वाइज वो इंटरफेस है बिल्कुल मिनरे असेंट एप्लीकेशन की तरह उस एप्लीकेशन में बिल्कुल सेम फीचर था जब पैंतालीस दिन का टाइम नजदीक तो उन्होंने भी मतलब कि पैसा किसी को एक रुपये नहीं दिखाई पर यहाँ पर आपको बता देता हूँ कहाज ये एप्लीकेशन लास्ट दो या तीन दिन मतलब कि 30 दिसंबर तक या इकत्तीस दिसंबर तक ही चलने वाला है और एक दो दिन के बाद ही आपको विड्रॉल देना बिल्कुल फाइनली क्लोज कर देगा आपको एक ग्रुप नहीं देगा और ये रहा ये दस दिन वाले प्लान के बाद तो भाई इसका पैसा बिल्कुल नहीं आगा बिल्कुल भी आप चाहो ले कितना इन्वेस्ट कर दो आपका एक ग्रुप नहीं आएगा तो इससे अच्छा है कि आप बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्ट ना करें क्योंकि ये एप्लीकेशन टोटली भागने वाला है गाइज तो आप अपने हिसाब से देख लो भाई आपको तो मैं मना ही करूँगा कि आप इन्वेस्ट ना करें और जो इंटरमीडिएट वाले प्लान हैं गाइज ये हमने आपको सभी स्टार्टिंग में अगर आप इन्वेस्ट किया होगा तो आपको सब पता होगा कि इसमें कैसे इन्वेस्ट होता है कैसे क्या होता है तो अब ये एप्लीकेशन को चलते हुए काफ़ी टाइम भी हो चुका है और एक महीने से ज़्यादा हो होने वाला है तो आप, आप इसमें इन्वेस्ट ना करें और गाइज आपसे मैं नहीं कहूँगा वाले मतलब कि एक जनवरी दो तो तक किसी भी एप्लीकेशन में आप इन्वेस्ट मत करो क्योंकि तो एप्लीकेशन पर कोई भी एप्लीकेशन ऐसा नहीं है जो टिकेगा सभी एप्लीकेशन भागने वाले हैं कोई भी एप्लीकेशन आप ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा टिकेगाज और रही बात इन्वेस्ट करो एप्लीकेशन की तो भाई जिसमें आप अगर आपने अगर इन्वेस्ट कर दिया तो खैर कोई ना आपका पैसा वो डूबेगा फाइनली आप समझ लो कि आपका एक भी रुपनी आएगा ज और अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हो तो भाई बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना बिल्कुल भी क्योंकि आपका पैसा हंड्रेड डूबने वाला आ गई तो आप अपने रिस्क पर अगर देख लो अपना रिस्क अगर लेना चाहो कि आप अगर कितनी हिम्मत रखते हो रिस्क लेने की तो आप रिस्क ले सकते हो गाइज बट मैं इतना कहूँगा कि आप बिल्कुल मैं इन्वेस्टमेंट करें अगर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन आएगा जो लेंग लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है तो उसके लिंक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूँगा आपको व्हाट्सएप ग्रह का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहाँ से मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और गाइज वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आपको और भी अच्छे अच्छे एप्लीकेशन जो कि मार्केट में लॉन्च होते हैं उस टाइम जैसे कि आज लॉन्च हो गया तो मैं उसको भी आपको शेयर करता रहा हूँ ग्रुप में तो हम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए थैंक यू फॉर गाइड्स